हम निकलने M10 का चलो निकलते में निकलता है कि नहीं देखते चलो क्या निकलता है पहला निकलता, निकलता, निकलता, निकलता, चलो कोई बात नहीं दूसरी स्क्रीन मेरे को पता है दूसरे कोई तो भी स्क्रीन में नहीं निकलेगा लास्ट में निकलेगा जो भी बंदा देख रहा हो उससे दूसरे स्क्रीन में भी नहीं निकला नहीं निकलेगा लास्ट में निकलेगा मेरे को पता तो गाडी का स्किन निकल गया लास्ट स्पिन चलो गया। निकल गया फाइनली निकल गया एम टू मार्क्स का मार्क्स करने के लिए डायमंड भी बचा नहीं है 94 डायमंड बचा है अभी डेबल थ्री हो जाएगा चलो कोई बात नहीं जो भी बंदा देख रहा हो लाइक तो कर दो सब्सक्राइब कर लो